subscribe now and press the bell icon never miss an update are babua tu kaise paidalwa ghumro do din ko lallo bullet wale ke ghumro na re bhaiya hamare pichhwade mein dard hai hum nawaiye te bullet wa pe jo hamare pichhwade bawasir ho ro hai to aaj ja kar aao itni jaldi subah subah hi theen dio chal अरे बेटो मोहन लाल जी का करो ये है को हाँ हाँ अंकल जी काम है खाऊ ना हम बिकवाओकर अरे बेटो हाँ दलो है अरे तो अंकल जी हमारी भी कुछ हो है चलो छोड़ो देखो अरे दल्लो पूरा पैसे लगाइर वायर सब नये हो है कि बेचोगे अंकल जी साइकिल तो देख ली पर मैं भी थोड़ा जोड़ ही लू अंकल जी आपकी साइकिल के हो गए 4,550 रुपए। पाँच सौ जीएसटी लगा के निकाल जीएसटी से कट के हो गए 350 रुपए। और ये लो पैसे तू तो सी देख भाई दल लो अपने हो गए सो दो और मैं हूं अनफर्ड। ऐसे सुनो है जीएसटी से चीज को पूरा दाम लगे रे अंकर जी कैसी बात कर रहे हो आप? आपकी साइकिल को पूरा डाम लगाए तो बेटा मारो काम तो मैं चलू तू फिर अबे साले बुड्ढे बड़ो कर बोल रहे बड़ो कर हमारी भी कुछ रेपुटेशन हो इधर इधर लगा दे दे लगा ली तो चाय तो अरे यार मैंने भी खामा खा गाड़ी। बकरिया ना पैसे। तो चाय लिया तो मैं नू खेरा था डां के पास फार्म हाउस है ना वही चल रहे थे गाड़ी को और ये पकड़ चा भी निक, ले निकल गई गाड़ी क्यों निकलगी लेके साले बाप लाया तू पहले गाड़ी कुंडे पकड़ता फिर करवाता कैसे लेके भग जाता गाड़ी को एक एक पाई जोड़ के ली थी मैंने गाड़ी खो दी तूने मेरी गैरमौजूदगी में कोई काम मत करना तू अरे भाई साहब गाड़ी बैठ दो अरे यार भाई बेचूंगा नहीं यार मैं अरे बैठो यार अच्छा डाम लगवा दूंगा अरे भाई दो तीन दिन पहले तो ली थी यार मैंने मैं क्यों बेचूंगा यार बेड में यार अच्छे दाम लगवा दूंगा अरे समझ में नहीं आ रहा यार निकल तू निकल अरे भाई तू निकल डल्ले हो क्या यार अरे भाई साहब डाले क्यों क्या है यार भाई अच्छी लग रही थी इसलिए अच्छे दाम लगवा दूंगा यार तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या यार अरे अरे जो दिमाग खराब कर रहा तू अरे दिमाग खराब कर रहा है निकल पहले तू कहा आ जाते है यार दो तीन अरे आपका फोन देना यार फोन करना है मेरे को यार भाई कैसी बात करती यार, कर लो अरे तेरी ऐसी की, तीन की तैसी कर दूंगा मेरे को पीटने के लिए गुंडे भेज रहे थे ना यही खड़ा रेड लाइट के पास यार भाई क्या ना सुना बकरे हो यार दे दो मेरा मोबाइल लो थैंक्स क्या यार अरे अंकल कैसे है अरे बेटो आज को कैसे ना धंधो अरे अंकल चाय पानी के भी नहीं हो रहे ऐसी ऐसी हुई पड़ी है अरे ठीक है बेटा ठीक है ठीक है अंकल ठीक है अरे भाई साहब गाड़ी बिकवा दूंगा एक गाड़ी बिकवाने की पाँच सौ रुपए। अरे भाई साहब दो बिकवा रुटो हजार रूपए पूरी तीन गाड़िया बिकवा रुटो बकवा दो सही और पूरी पाँच बिकवा रुटो पाँच हजार भाई साहब जल्द बोल रहे हो बरोकर बोलो बरोकर यार मानेगा ऐसे ही मानेगा सब्सक्राइब न